नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान टोहाना कस्बे के गांव गाँव के रहने वाले चौंतीस घातक मिशन के तैनात जवान शहीद का पार्थिव शरीर आज दोपहर करीबन उनके गांव में लाया गया अपने गांव में शहीद की अंतिम यात्रा में ग्रामीणों का जन उमड़ पड़ा ग्रामीणों के जन के साथ साथ घरों की छतों पर महिलाओं ने अंतिम यात्रा के दौरान शहीद जयपाल का पार्थिव शरीर रखी गाड़ी पर फूल बरसाकर के उनको सेना में भेजूंगी यह कहते हुए शहीद की पत्नी ने अपने पति को आखिर सैल्यूट भी किया गांव में के गमगी माहौल में शैना की टुकड़ी ने शहीद को सलामी दी और टोहाना के पूर्व विधायक एवं भाजपा के अध्यक्ष रहे सुभाष बराला सहित कई गणमान्य लोगों ने शहीद को दी। इसके के में पहुंचे सेना की टुकड़ी के सूबेदार जगदीश चंद्र ने बताया कि नायक जयपाल जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिला में तैनात थे और अपनी तैनाती के दौरान एक आतंकी गतिविधि को लेकर के सुरक्षा बलों की ओर से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान जयपाल शहीद हो गए जयपाल गिल के शहीद होने की खबर जैसे ही बीते दिन गांव में लगी और गांव के आसपास के क्षेत्रों में पहुंची, समूचे क्षेत्र में शौक की लहर दौड़ गई गाँव हंसेवाला निवासी करीबन 30 वर्षीय जयपाल गिल दो में सेना में भर्ती हुआ था और इन दिनों उनकी पत्नी लांस नायक के तौर पर पौशिया में तैनात थी वहीं वर्ष 2013 में जयपाल का विवाह हुआ और उनका पांच साल का बेटा भी है की ही खेती बाड़ी का काम करते हैं तथा माँ परशो देवी गृहणी है शहीद को श्रद्धांजलि देने के बाद हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि देश के लिए जान देना गौरव की बात है और जयपाल ने अपने अपनी जिंदगी देश के नाम करती है परिवार को परमात्मा दुख सहने की शक्ति दे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शहीद को दी जाने वाली जो भी मदद होगी नियमानुसार सरकार की ओर से शहीद जयपाल के परिवार को हर संभव मदद मिलेगी पल पल फतेहबाज से राजेश भां की विशेष रिपोर्ट मैं तो अपने बेटे को भी बड़ा होने के बाद आदमी में भर्ती करूँगी सैल्यूट करूँगी जब हुई तो थी आखिरकार मेरी बात शुक्रवार को भी कीजिए वो बोल रहे थे नवम्बर में छुट्टी आएंगे दस तारीख के बाद बार को कॉल आई थी अटेंड नहीं कर पाई उसके बाद मेरी बात तो अगले महीने आने थे घर की कह रहे थे जी नवम्बर में शहीद जयपाल शहीद नायक जयपाल इनका जो है शहीद हुए हैं ये नियामा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट और जेंट के तो कारण क्या रहा है चीज़ी? मतलब कारण वो उनका मतलब कोई ऑपरेशन मामला था उसमें ये कारण देखिए हमारे लिए एक तरफ जहां बड़े दुख की बात है कि हमारा ये जवान बहुत थोड़ी उम्र में उन सबके बीच से चला गया लेकिन दूसरी तरफ ये हम सब क्षेत्रवासियों के लिए हरियाणा वासियों के लिए देशवासियों के, देश के लिए बड़े गर्व की बात है किसने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण दिए हैं ये जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों के खिलाफ वहाँ के सुरक्षा बलों की जो मुहिम चल रही है उसी के तहत ऑपरेशन के दौरान इसकी जान गई है तो मैं समझता हूँ कि जीना तो सब जीवों को सब व्यक्तियों को होता है लेकिन जो लोग अपने जीवन को सार्थक करके जाते हैं जैसे शहीद जयपाल का जीवन देश के लिए गया है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कुर्बानी कोई हो नहीं सकती मैं अपनी तरफ से अपने परिवार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहीद को नमन करता हूं। जब देखिए देश के लिए जान देना बड़ी बात होती है और सरकार ने चाहे केंद्र सरकार है प्रदेश सरकार है इसके जो भी नियम हैं उस नियम अनुसार इस परिवार की मदद सरकार की तरफ से की जाएगी